हाय गाइज़ मैं हुई और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है तो कैसे हैं आप सब आई होप सो I hope so, आप सब अच्छे ही होंगे और आज का वीडियो है विदाउट एनी कॉस्ट आप अपने रूप को किस तरह निका सकते वो भी होम मेड तरीके से नेचुरल तरीके से तक चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और जल्दी से अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बट हाँ उससे पहले मेरे चैनल नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरी कोई नेस्ट वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन का आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा तो चलिए जल्दी से अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं कि हम तरह रूप किस तरह से निखार सकते हैं वो भी होममेड तरीके से और इसमें आपका मनी और टाइम दो नहीं बचे तो चलिए हम फेस पैक बनाएंगे तो फेस पैक बनाने के लिए मैंने लिया है एक बॉल में दही फ्रेश दही है हम सब जानते हैं कि दही कितना फ़ायदेमंद होता है दूध जितना है उससे ज़्यादा दही है फ्रेश देता है खाने के लिए फ्रेशनेस रहता है इसलिए आप अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज का काम करता है ये आपके फेस पे जो डलनेस होगी उसको दूर करेगा और इसमें मैंने ऐड किया है हल्दी पाउडर तो हल्दी पाउडर भी एक बहुत ही अच्छा हम इसको एक अवधि के रूप में भी हम इसे जानते हैं जितना ही हम इसको सब्ज़ी में डाल के खाते स्वाद बढ़ाता है उतना ही ये अगर हम अपने फेस पर इसको लगाते हैं तो इससे हमारे फेस पे ग्लो आता है देखो मैंने आपस में अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो मैंने हल्दी की गांठ ली थी उसको मैंने पीसा है और मतलब बाज़ार का हल्दी की पाउडर नहीं है तो ये कि मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ वो मिक्स करके मैं आपको दिखा दूँगी कि मैंने इसको किस तरह से अपने फेस पर अप्लाई किया है और आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं आपको कुछ नहीं करना है बहुत ही ईजीली है देखिए मैंने मिक्स करने के बाद मतलब इसमें मैंने कोई भी चीज़ और ऐड नहीं करी है सिर्फ दो चीज़ से ही हमने फेस पैक बनाए हैं और इससे ही हमारे फेस पे एकदम ग्लो आएगा तो ये देखिए मैं हल्के हाथों से पूरे फेस पे लगा रही हूँ आप अपनी बॉडी पे भी लगा सकते हैं उस पर भी कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं किया फेस के लिए और इससे आपकी फेस पर तुरंत ग्लो आएगा और कहते हैं ना हल्दी हमने लगाई है आज अगर हम हल्दी लगाते हैं तो दो दिन बाद और भी अच्छा निखार आता है मैं अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ इस पर हल्के हाथों से आप लगाएं इससे वाकई ही बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका और होम मेड है मतलब आपका कोई केमिकल नहीं तो और क्या केमिकल फ्री है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका और इसमें हमने दही का यूज़ किया तो एकदम फ्रेश रहेगा तो ये देखिए मैं पूरे अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर रही इसको हल्के हाथों से और कुछ नहीं सिर्फ दस मिनट के लिए मैं अपने फेस पे इसको रहने दूंगी तो ये देखिए पूरे फेस पे मैंने लगा लिया है तो जिससे कि मेरे फेस पे जो डलनेस होगी वो दूर होगी और क्या होता है डलनेस के साथ साथ जो कुछ पिंपल्स भी आ जाते हैं एक उम्र के साथ एक पिंपल्स आ जाते हैं तो उसको भी ये हल्दी पाउडर हमने यूज़ किया है उसको वो पिंपल्स को दूर करता है तो ये देखिए इस तरह से मैंने अपने पूरे फेस पे लगा लिया है दस मिनट के लिए मैं ऐसे रहने दूँगी सूख जाए जिससे कि और फिर हल्के हाथों से लेकिन मैं हल्के और ये दस मिनट के बाद ये सूख गया है दस मिनट हो गए अब मैं अपने फेस को वॉश कर लूँगी दस मिनट के बाद मैं जब अपने फेस पर वॉश किया तो फेस वॉश करने के बाद मेरा फेस पे एक अलग ही ग्लो आया है और जो चिपचिपाहट होती है वो भी बिल्कुल नहीं है और जो डस्ट थी वो भी नहीं है मतलब मेरे फेस पर एक अलग ही ग्लो है इस तरह से आप अपने फेस पर भी ला सकते हैं वो भी हल्दी और दही का फेस पैक बनाइए और दस मिनट अपने फेस पे अप्लाई कीजिए और फिर वॉश कर लीजिए मतलब इसने आपका टाइम बचा और मनी दोनों ही बची अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें तो उसे गुड बाय फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि आपको मेरे चैनल पर डिफरेंट वीडियोज़ देखने को मिलेंगी बाय बाय